double kill abe maar kahan se raha tha re banda pe maar raha tha dikhta kam hai oh kill e maar de yaar bhai bada maza aa jayega are ira Okay, oh, no. क्या कर खतरनाक